शुक्ल पक्ष की आज जो तिथि रहेगी ये चतुर्दशी तिथि रहेगी चतुर्दशी तिथि को दर्शकों हमने बताया था कि किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंधों से बचना होता है सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर आठ मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर अड़तीस पर नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद जो करण रहेगा गरकरण रहेगा इसके उपरांत और अंतिम करण जो रहेगा ये विष्टिकरण रहेगा योग जो, जो है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 राहु काल की बात करते हैं राहुकाल एक ऐसा काल होता है एक ऐसा समय होता है कि आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो प्रातः नौ बजे से लेकर के दस बजकर छब्बीस मिनट तक का राहु काल रहेगा शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा सुबह ग्यारह बजकर तीस मिनट से लेकर के बारह बजकर सोलह मिनट तक का रहेगा दूसरा एक मुहूर्त और बता रहे हैं विजय मुहूर्त है ये एक मिनट से लेकर के दो मिनट तक का है तो इस दौरान आप लोग शुभ कार्यो को कर सकते हैं जो भी दर्शक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 मिथुन राशि आज आपकी सेहत पहले से ठीक रहेगी करियर में आज आपको सफलता मिलेगी वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्राओं का योग जो है दिखाई पड़ रहा है परिवार में आज आपके गुणों की प्रशंसा होगी जिससे आज आपका मन प्रसन्न होगा नई तकनीकी को अपनाने से आज आपके काम में वृद्धि होगी आज आप अपनी कोई बात दोस्तों से शेयर कर सकते हैं शनिवार का चूंकि देखिए जो है दिन रहेगा तो खुद में बदलाव लाने के लिए अच्छा दिन है आज आपको आगे बढ़ने के लिए कई योजनाएँ बनानी पड़ेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को कुछ भोजन जरूर कराइएगा काफी अच्छा आपके लिए हरा शुभ आप अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण पश्चिम कर्क राशि आज आपका मन स्थिर ना होने की वजह से थोड़े से परेशान हो सकते हैं लेकिन शाम तक की बेहतर महसूस करेंगे कोई बहुत बड़ा फैसला लेने में आज आपको परेशानी महसूस हो सकती है कोशिश कीजिएगा कि आज आप अपने काम समय पर निपटा लें तो बेहतर रहेगा ऑफिस में किसी बात को लेकर के उच्चाधिकारियों के साथ आज आपका विवाद हो सकता है आस पड़ोस में भी पड़ोसियों से भी आज आप विवाद कर सकते हैं ऐसी स्थिति से आज आपको बचना रहेगा सेहत के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि सरसों के तेल का एक दीपक आज पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रखना है जलाना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वहीं सिंह राशि के जात को काम अधिक होने पर आज आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कैरियर के मामले में चीज़ें बेहतर होने के आसार रहेंगे परिवार वालों के साथ किसी बात पर थोड़ी बहुत बहस हो सकती है आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी बात कहें आपको जीवन साथी की सेहत से संबंधित कोई चिंता हो सकती है झूठी तारीफों के कारण आज आप पुलिस में पढ़ सकते हैं आज आपको काम के कुछ नए मौके मिलेंगे कोई नया जो है आज आपको जो है नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही मेहनत का रिजल्ट पाने के लिए आज आपको किसी से मदद लेनी पड़ सकती है हनुमान चालीसा का पाठ करिए काफी अच्छा आपके लिए रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा कन्या राशि आज पैसों से जुड़ा मामला आसानी से सुलझ जाएगा आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा किसी दोस्त के सकारात्मक प्रभाव से आज आपके स्वभाव में चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में सफल रहेंगे आप अपना कुछ समय अपनी कला को निखारने में आज आप दे सकते हैं आज आपके जो है जीवन पर किसी ऐसे व्यक्ति का प्रभाव पड़ेगा जो आपके लिए आइडियल रहेगा परिवार की ओर से आज आपको पूरा मान सम्मान समर्थन मिलेगा आज कोई नए रिश्ते को प्राप्त करने का दिन है यदि प्रेम संबंधों में है तो विवाह के बंधन में परिणित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन शनि चालीसा का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ शुभ दिशा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा आपके लिए सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर वहीं तुला राशि के जातकों आज आपको प्रतिष्ठा में कई वृद्धि के तमाम अवसर प्राप्त होंगे आज अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आप अग्रसर होंगे ऑफिस में आज, आज आप किसी तरीके की राजनीति में उलझ सकते हैं उच्चाधिकारियों से आज आपका बात विवाद खराब जो है हो सकता है जिससे आपका समय खराब होगा घर में किसी नए मेहमान के आगमन की संभावना है जिससे आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आज ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज़्यादा हो सकती है दोस्तों के साथ आज आप अच्छा समय बिताएँगे वीकेंड पर कहीं बाहर निकल सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास करिएगा कि पीपल के वृक्ष पर जाना है आपको जल अर्पण करना रहेगा और दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का पाठ आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा वृश्चिक राशि तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शाम तक कोई गुड न्यूज आज आपको मिलेगी जिससे मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा आज आप माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा आस के लोगों से आज आपकी सहानुभूति रहेगी वृश्चिक राशि के जातकों आज पढ़ाई के मामलों में आपको अच्छे परिणाम हासिल होंगे कई नए तरीके के काम करते हुए नजर आएंगे और आज आपकी कोशिशें सफल होंगी आज के पूर्व में यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है फंसा हुआ तो आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए आदित्य स्त्रोत का पाठ करिए यही आज आपको करना है आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा लाल शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पूर्व दिशा धनुराशि तो आज का दिन कुछ खास लेकर के आने वाला है आज इसी नए मेहमान का आगमन घर में हो सकता है थोड़ी सी मेहनत पर आज आप ज़्यादा जो है सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे लव मेट को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आज आप दे सकते हैं धनु राशि के जातकों छात्रों को जो है आज पढ़ाई से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिलेगी या तो कोई एग्जाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं तो ये आपके फेवर में आएंगे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आज आपकी बढ़ेगी आपके सुख साधनों में भी बढ़ोतरी होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा कैप्रिकॉन मकर राशि तो दांपत्य संबंधों के बीच चली आ रही दुनिया खत्म होगी साथ ही रिश्तों में मधुरता आएगी लेकिन बिजनेस की किसी बात को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं किसी काम से आज आपको सरकारी दफ्तर में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है आज सरकारी चीज़ों से लेकर के सरकार पक्ष की ओर से लेकर के आपको कोई जो है टेंडर या कोई ठेका इत्यादि भी आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है काम का की व्यस्तता में आज आपको जो है अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा तो अपने शरीर का आप लोग ध्यान रखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा करना क्या रहेगा शिवलिंग पर जल में काला तिल डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से आप लोग चढ़ाइए और दशरथ कृषि शनि स्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा कुंभ राशि करियर के मामले में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी कार्यक्षेत्र में आपको धन लाभ के तमाम अवसर मिलेंगे आज आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी हर तरीके से मदद के लिए तैयार रहेंगे आज आपके सगे संबंधी आर्थिक रूप से आपकी मदद करते हुए दिखाई पड़ेंगे बिजनेसमैन के जो है जो बिजनेसमैन हैं लोहे से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा आज किसी धार्मिक यात्राओं पर आप बाहर घर वालों के साथ जा सकते हैं आज आपका कोई जरूरी काम पूरा करेगा लेकिन आज आपकी कोई कीमती वस्तु गायब होने के योग दिखा रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दुर्गा सप्त के तृतीय अध्याय का पाठ करिए व गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करें, जीवन में सब अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा अंतिम राशि पर बढ़े लेकिन दर्शकों आप लोग प्लीज इस चैनल पर जो है जो वीडियो है लाइक like कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन दबाइए वार्षिक राशिफल 2020 सभी राशियों का पड़ गया है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं तो मीन राशि के जातकों आज आपको लाभ के तमाम अवसर प्राप्त होंगे जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कोई नया रोजगार पाने का सुनहरा मौका मिल सकता है विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर के आया है साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आज आगे बढ़ने के तमाम मौके मिलेंगे प्रातःकाल से यात्राओं के योग बन रहे हैं धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे दाम्पत्य संबंधों में अधुरता बनी रहेगी कोई खास बात आज आपको गुप्त बात पता चल सकती है जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे आद धर्म स्थान पर आप सफाई करिए और भगवान भोलेनाथ पर दूध अर्पित करिए आपके लिए सब बढ़िया होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा